मर्ची, ढाल कृपाण कटारी उसकी यही साइली थी आम लड़कियों की तरह, तरह नहीं थी। Welcome back to weekend, बड़ी आशीष अभी आप मेरे बैक में देख रहे हैं झांसी की रानी का किला झांसी का फोर्ट बहुत कम उम्र में बहुत ही मेच्योरिटी से बहुत ही बोल्ड थी इंडिया का प्राइड थी मॉडर्न गर्ल थी चलो अंदर चल के देखते हैं ढांसी की रानी के ना तीन घोड़े थे पवन सारंगी और बादल वो कड़क बिजली तोप है इनका कमांडर था वो मेन तोपसी था जो कड़क बिजली तोप चलती थी उसका तोपची था पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं ये उसकी कब्र यहाँ पे बनी हुई है पीपल के पेड़ के नीचे ये है बुंदेला राजा वीर सिंह द्वारा 1613 में बंगरा नामक पहाड़ी पर निर्मित यह दुर्ग अपनी के कारण का होने की वजह से जो झांसी के आस पास के एरिया है जितने प्लेन पे नजर रखी जाती थी वाई ने विशेष रूप से भूतल का प्रयोग किया जो उनके समा सभा कच्छ के काम आया प्रथम तल में एक कक्ष में रानी ठहरती थी भवन के ऊपरी तल में ब्रिटिश शासक काल में इसके लिए मैं रानी लक्ष्मी बाई श्रीमंद गंगाधर राव की जो पत्नी थी आखिरी राजा की तो उनकी पत्नी थी इनका जन्म काशी में हुआ था काशी में हुआ था मणकण का क्या। के पास तो इनका एक नाम का मन छबीली भी था इनके पिता का नाम तो था मुरूप नाम माता का नाम था भागी अल्पागू में भी इनकी मास्व बिठूर के के बड़े भाई आप पास में ये काम करते थे भी टे तो चिमनाजी इनको बिठूर कॉल कर लिया अच्छा। तो मन की शिक्षा दीक्षा नाना साहब और राव साहब के साथ बिठूर में हुई राजकुमारों के साथ बचपन से ही जो है गुड़दवार चैन तोड़ने जैसा थोड़ा किसान ने लिखा उसकी यही सहेली थी अध्ययन से कर दिया शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन कर रही तेरा वर्ष की उम्र में बैठ इसमें जब अंग्रेजों ने अटैक किया था तो आठ दिन तक युद्ध चला था और इनके पास तोप वगैरह थी तो काफ़ी मतलब बिल्कुल अंग्रेज हारने की कगार फहते थे। बट एक क्या होता है कि जब भी जैसे विभीषण हुआ था ऐसे ही इनकी भी अंदर एक फ़ौज में आ, बंदा निकला जिसने के गेट खोल दिए थे और गेट खोलने की वजह से आ, जो अंग्रेजी फ़ौज थी वो अंदर आ गई इस वजह से रानी लक्ष्मी बाई को अपनी बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ से भागना अभी मैं चलो आपको वो जगह लेके चलता हूँ जहाँ से इन्होंने जंप लगाई थी अब वो जगह जो काफी है काफ़ी ऊंची है और इनका घोड़ा था बादल इनके पास तीन घोड़े थे उसमें बादल जो था वो ज़्यादा सबसे ट्रेंड घोड़ा था वफादार घोड़ा था तो उसको वहाँ से वैसे तो कोई दूसरे घोड़े से कूदती तो क्या घोड़े मना कर देते हैं नहीं कूदता बट वो क्या था वो बिल्कुल ओविडेंट और बहुत ही बहादुर घोड़ा था तो उन्होंने अपने बच्चे को बांधा पीठ के पीछे और वहां से जंप लगा दी अभी मैं आपको वही जगह ले चलता हूँ जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने जंप लगाई थी पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ चार या चार से पांच अप्रैल की रात्रि में अठारह में बाहर किले से बाहर निकली प्राकृतिक ढाल के सहारे अपने अधम्य साहस के बल पर रानी किले से निकल कर और वहाँ से ग्वालियर पहुंची जहां दुश्मन के साथ युद्ध करती हुआ वीरगति को प्राप्त हुई तो ये वाला वो है भाई। अभी रखा है वो सामने एक वो दरवाजा दिख रहा है ये इसकी दीवार काफी ऊंचाई पर ये किले का सबसे टॉप ऊंची जगह है ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब ये यहाँ से कूदी थी तो बादल का जो इनका घोड़ा था बादल उनके पैर वैर टूट गए थे फिर वो यहीं पे मर गया था इसके बाद वो बसते बसाते भागते हुए इनको क्या आठ दिन तक इन्होंने लड़ाई तो लड़ी थी उधर से तात्या टोपे तो और इनके और दो साथ वाले थे वो बिठूर साइड से कानपुर से आ रहे थे बट वो हेल्प नहीं मिल पाई रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी ना बड़े स्ट्रगल से बीती है बैन शिवास फोर ईयर्स तो उस, उस चार साल की एज पर सी लॉस्ट हर मदर इनकी 13 ईयर की एज में शादी हो गई 16 या 17 हाँ 16 की जब एज थी इनका बेटा पैदा हुआ उसके बाद वो 20 की हुई तो शी लॉस्टर सन उसके बाद में 23 की हुई तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई उसके बाद में इनको चार पांच साल वो बहुत ही स्ट्रगल लड़ाई झगड़े उसके बाद अंग्रेज़ों ने अटैक किया वहाँ पे भी ये नहीं हार पाई थी बट फाइनली uh, जब क्या एक ग्रह क्लेश कह सकते हो क्या उसमें से एक गद्दार निकला उसने के टाइम पे गेट खोल दिया और रानी लक्ष्मीबाई को यहां से अपनी जान अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कूदना पड़ा तो बहुत पूरा इनके जो 30 साल की एज में तो वो अपना वीरगति को प्राप्त हो गई थी बचपन से बहुत ज्यादा होनहार थी जैसे जो बाजीराजू थी उनके भी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने भी वो नाना साहब जो थे उनको गोद लिया था तात्या टोपे इनके फिर नाना साहब के बाद में कमांडर बने तो इन लोगों के साथ में इनका बचपन बीता पूरा और वहीं पे इनको ना इन्होंने न, न, न, न, न, सारी ट्रेनिंग ली ऐसा बताते हैं कि घुड़सवारी मल युद्ध भी करती थी और आपका तलवारबाजी इन तीनों ये बहुत ज़्यादा मतलब उन तीन उन तीनों से काफ़ी मतलब जल्दी सीखती थी और एक और जो इनकी खूबी थी ऐसा मतलब कई जगह लिखा हुआ है कि घोड़े पे खड़े होकर चल मतलब बचपन में मतलब आई थिंक ये दस साल की होंगी घोड़े पे ये खड़े होके कई कई किलोमीटर तक चल सकती थी मतलब वो तलवार वगैरह लेके तो इनकी ये सारी खूबियों की वजह से काफी पॉपुलर थी हर जगह पे इसी वजह से इनकी शादी जो बाल गंगाधर राव थे झांसी के राजा उनके साथ में करीब आई थिंक तेरह साल की जब एज में इनकी शादी हो गई थी उनके साथ में झांसी की जो रानी थी जब चार और पाँच अप्रैल को वो अपने जो कमांडर थे इनके गौस ख और दो तीन लोग थे उनके साथ जब निकले थे तो ये वहाँ से पहुँची थी कालपी, जो कि यहाँ से पचास साठ किलोमीटर है कालपी है कानपुर वाले रास्ते में तो वहाँ पर ताता पे जो एक जो बाजीराव दृित्य थे उनके कमांडर थे वो वहाँ वो भी ये अपना स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्ट्रगल चल रहा था तो वो वहाँ से वहाँ से इनकी हेल्प के लिए निकले थे तो दोनों ने कालपी में मिलके फिर इन्होंने ग्वालियर के फोर्ट पे अपना ग्वालियर के उस पर कब्जा कर लिया था बट ऐसा बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई नहीं मारी जाती यदि ग्वालियर का जो सिंधिया था इनकी हेल्प करता तो उन्होंने सारे जितने भी ऐसा बताते हैं जितने भी राज थे जो सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इन्होंने पास कर दी थी अंग्रेजों को जिस वजह से रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ा धोखे से क्या किया कि जो घोड़ा था एक ऐसा घोड़ा इनको दिया कि जो वो, अपना जो सवारी थी उसकी मानता नहीं था तो उसमें फिर वो घोड़े को जैसे ले निकली उसके बाद में अंग्रेज़ों ने अटैक किया तो कुछ पानी का एक नाला था कह सकते हो वहाँ पे वो उसने कूदने से मना कर दिया इतने में क्या इनके पास बहुत कम लोग थे और अगर काफ़ी ज़्यादा थे तो उन्होंने वहाँ से उसने जंप लगा नाले को जंप करने से मना कर दिया और वहीं पे ये लड़ाई की और वहीं पे ये वीरगति को प्राप्त हुई ये शिवजी का मंदिर है बहुत ही पॉपुलर मंदिर फोर्ट का जो बाहरी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर ही एक शिव मंदिर बना हुआ है तो डेली यहाँ पे बताते रानी लक्ष्मी बाई यहाँ पे आती थी रानी लक्ष्मी बाई में सारे गुण थे मतलब धार्मिक भी थी कूटनीतिक भी थी बहादुर थी और स्किल्ड या ट्रेंड थी यहाँ पे इनके गोला बारूद का स्टोरेज है ये अंदर का व्यू है रानी लक्ष्मी भाई जब अंग्रेज़ों से युद्ध कर रही थी तो युद्ध के टाइम पे भी जो इनका बेटा था वो भी इनके लगभग कमर पे बंधा हुआ था इनकी तलवार लगी थी इस तरह से पूरा यहाँ से कट गया था बुरी तरह से घायल हो गई थी उसके बावजूद भी उन्होंने इंश्योर किया कि बच्चा और उनकी जो डेड बॉडी है वो अंग्रेज़ों के हाथ ना लगे खून में लथपथ होने के बाद भी उन्होंने बोला कि मतलब मरते मरते उन्होंने बोला कि नहीं मेरा कोई भी मतलब शरीर मेरा अंग्रेज़ों के ग़ुलामी में नहीं होना चाहिए और मेरे बच्चे को भी मतलब सेफ़ रखना तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर अट्ठावन में तो एक वो युद्ध में मारी गई थी फिर वहाँ से बचते बचाते इनके जो बाकी सैनिक थे जो उनके बेटे को ले गए थे इंदौर वहाँ पे जाके फिर ऐसी ऐसा टाइम आया कि सरेंडर करना पड़ा फिर सरेंडर किया फिर उनको आई थिंक 1906 में जो इनका सन था उनको एक्सपायर किया अभी भी या। इनकी फैमिली है इंदौर में हैं जो वंशज कह सकते हो रानी लक्ष्मी के वंशज अभी भी इंदौर में ही रहने लगे थे तो अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि पता पड़े रानी लक्ष्मी बाई के बारे में आ, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ काफ़ी लंबा हो गया बट ये वाला वीडियो या फिर झांसी लक्ष्मी बाई का जो हिस्ट्री है वो मेरी काफ़ी करीब है मतलब क्लोज़ है अब मैं कह सकता मैं उसके बहुत क्लोज़ हूँ बाकी मेरे वीडियो आप लाइक like करो न करो शेयर करो करो न करो बट ये वाला वीडियो ज़रूर लाइक करो कमेंट करो और इसको प्लीज़ शेयर करो